दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर केके पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में दोस्तों बड़े सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि होम्योपैथिक जो दवाएं होती है उसको कैसे लेना होता है तो आज दोस्तों हम इसी बारे में बातचीत करेंगे आज के बाद दोस्तों मेरी कोशिश ये होगी कि आपको इस बारे में जितने भी सवाल होते हैं कि ये दवा है तो इसको कितनी बार लेना है किस पोटेंसी में लेना है तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हेल्थ केयर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे दोस्तों पहले तो हम ये जानें कि होम्योपैथिक दवाएं कितने फॉर्म में आती हैं दोस्तों होम्योपैथिक की जो दवाएं होती हैं बेसिकली तीन फॉर्म में आती हैं पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर में जिसको थर्टी टू हंड्रेड या वन एम या उसको ऊपर उसके अगर सी लिखा होता है सेंटेंस में स्केल में ये होता है दोस्तों दूसरी जो होती हैं वो दवाएं होती हैं जिसमें बायोकैमिक फॉर्म होती हैं जिसे 3x, 6x, 9x, 12x इस तरह से और इसके अलावा जो तीसरी फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है मदर टिनचर फॉर्म में जिसको थीटा या कुछ तो उसको क्यू के रूप में बोलते हैं मदर टिनचर फॉर्म में लिखा होता है उसमें तो दोस्तों ये तीन फॉर्में आती है बेसिकली यही तीन दवाएँ हैं जो कि होम्योपैथिक हैं इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं शादी की सारी या तो मिक्स फॉर्म में आती हैं कई सारी दवाओं को मिलाकर के बनाई जाती हैं तो वो प्योर होम्योपैथी नहीं है दोस्तों होमोपैथी यही है इसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे अब इन दवाओं को कैसे लेना चाहिए हम बात करते हैं पहले कि पोटेंसी में जिससे थर्टी है टू हंड्रेड है वन एम है टेन एम है इन दवाओं को कैसे लेना है दोस्तों अब इसको लेने का जो सबसे अच्छा नियम ये होता है कि आपने जब भी इन दवाओं को लेना है तो आपने पहले ये देखना है कि रोग कौन सा है एक्यूट कंडीशन का है या क्रॉनिक कंडीशन का है मतलब ये कि तुरंत तुरंत का रोग है जैसे सर्दी जुकाम बुखार या कोई चीज़ तुरंत हो गई या कोई बीमारी ऐसी जो कि सालों से चली आ रही है महीनों से चली आ रही है तो दोनों में कंडीशन अलग हो जाती है दोस्तों जब भी कोई एक्यूट कंडीशन होती है मतलब तुरंत की बीमारी होती है वहाँ पे अगर हमको दवा लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर हम रिपीट कर सकते हैं मतलब अगर थर्टी पोटेंसी तो दिन में तीन बार चार बार पाँच बार एकॉर्डिंग टू कंडीशन कैसी है वहाँ पर उसको रिपीट कर सकते हैं जैसे बुखार है सर्दी जुकाम है इस टाइप की चीज़ें हैं अगर एक्यूट केस में है, तो वहाँ पे हम रिपीटेशन कर सकते हैं और जैसे पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाए तो रिपीटेशन को कम कर देते हैं कभी कभी दवा भी बंद कर देते हैं उसको आगे फॉलो करने देते हैं और दोस्तों कभी कंडीशन अगर ऐसी होती है कि अगर कोई बीमारी पुराने समय से चली आ रही है तो वहाँ पर रिपीटिशन का एक लेवल होता है ठीक है वहाँ पर ज़्यादा रिपीट नहीं की जाती है पहली बात तो ऐसी कंडीशन में अगर हम 200 या उसके ऊपर की पोटेंसी दे रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कम से कम रिपीटन जैसे का 30 पोटेंसी में है तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं कुछ दवाएं हैं जो कि नहीं दे सकते हैं जैसे ड्रोसेरा है तो ड्रोसेरा के कहा जाता है साफ अफ्रीका व एल ए की नोट्स में कि इसको रिपीटीट नहीं करना चाहिए रिपीटेशन नहीं करना चाहिए इसको तो थर्टी या टू जो भी पोटेंसी उसकी देते हैं उसको सिंगल डोर एक या दो दो तीन दो देने के बाद फिर उसको स्टॉप कर देते हैं वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं उधर से तो ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों इवन अगर हमारी पुरानी बीमारी है वहाँ पे हमको थर्टी पोटेंसी किसी अदर मेडिसिन की देने की आवश्यकता है तो वहाँ पे हम उसको रिपीट कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम में तब तक जब तक कि सिम्टम्स हमको दिखने न लगें मतलब हमको रिलीफ होना शुरू हो जब एक बार रिलीफ होना शुरू हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए या तो दवा को रोक देना चाहिए ये डिसाइड करता है डॉक्टर जिनको आप दिखाते हैं या फिर उसकी मात्रा को कम कर देने चाहिए रिपीटिशन जो हो रहा है जैसे सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं तो उसको सुबह शाम कर सकते हैं दिन में एक बार कर सकते हैं या और कम कर सकते हैं दोस्तों अल्टरनेटिव कर सकते हैं ये डिपेंड करता है क्या सी बीमारी है और क्या पोटेंशी आप दे रहे हैं थर्टी है या टू हंड्रेड है या वन है तो जिससे थर्टी को रिपिटेशन कर सकते हैं अगर टू हंड्रेड में दे रहे हैं आप तो चूँकि आजकल के समय में 30 प्रोटेंसी कभी कभी उतनी यूजफुल नहीं हो पाती है तो वहाँ पे 200 देने की आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि आजकल का जो खान पान है ये सारी चीज़ें पहले के हिसाब से बहुत चेंज हो गया है पहले 30 प्रोटेंसी में ही सारे सिम्टम्स के रिजल्ट्स अच्छे से आ जाते थे जबकि आज की कंडीशन में 200 सौ प्रोटेंसी देने की आवश्यकता पड़ जाती है दोस्तों तो कभी कभी इसको रिपीट करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है लेकिन हर दवाओं को नहीं करना चाहिए यहाँ पर हमको ध्यान ये देना चाहिए कि वेजिटेबल ग्रुप की मेडिसिन है या जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो मिनरल ग्रुप की है या नोसोट ग्रुप की है तो वेजिटेबल ग्रुप की है दोस्तों तो वो थोड़ा आसान होती है ज़्यादा उसके बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं शरीर के ऊपर में तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं अगर मिनरल ग्रुप की है तो कोशिश करें कम से कम रिपीट करने की और नोसोट no ग्रुप की है दोस्तों तो उसको और भी कम रिपीट करने की आवश्यकता पड़ती है पर इसका ध्यान देना आपने हाई प्रोटेंसी में है जैसे वन एम या उसके ऊपर तो उसको कम से कम पंद्रह दिन में एक बार या महीने में एक बार दिया जाता है ठीक है लेकिन अगर कंडीशन कुछ डिफरेंट टाइप की है कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे उसको वीकली भी दिया जाता है दोस्तों तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के द्वारा कि वो उसको किस तरीके से देना प्रेफर कर रहा है इसके अलावा जो दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जब भी ध्यान देना है ये कि आप अगर कोई दवा पुराने समय से आपकी बीमारी चली आ रही है वहाँ के लिए आप दे रहे हैं तो पुराने समय से चली आ रही बीमारी के लिए आपने दवा का एक बार देने के बाद उसको वेट एंड वॉच भी करना चाहिए कि आपने उसका क्या सिम्टम्स आया हुआ तो इसका ध्यान देना चाहिए दोस्तों तो ये बात हो गई पोटेंसी के बारे में अब हम बात करते हैं कि अगर हम थ्री एक्स या एक बायोकेमिक फॉर्म में दवा लेते हैं तो वहाँ पे क्या डोज रहता है बायोकेमिक में जब हम दवा लेते हैं दोस्तों तो बायोकेमिक की जो दवा होती है उसको आप चार गोली पाँच गोली छः गोली डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है दिन में तीन बार लेते हैं उसको सुबह दोपहर शाम में ठीक है तो ये कंडीशन होती है और उसको आप खाना खाने के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद कभी भी ले सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं जो तीसरी हमारी जो सबसे यूनिक चीज़ है वो है कि मदर टींचर फॉर्म में तो मदर टींचर फॉर्म में अगर कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो उसका रिपीटेशन कैसे होगा मदर टींचर फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो मदर टींचर में आप पाँच बूथ दस बूथ पंद्रह बूथ बीस बूथ आधे कप पानी में ले करके उसको आप दिन में तीन बार दो बार सुबह दोपहर शाम दिन में चार बार आ, उसको खाना खाने के थोड़ा पहले या खाना खाने के जस्ट बाद उसको आप ले सकते हैं चूँकि ये मदर टिंचर फॉर्म में होती है तो जस्ट लाइक ये वैसी ही होती है जैसे हम कोई काढ़ा बना के पीते हैं तो वैसा ही होता है तो इसके अंदर टेस्ट भी होता है इसके अंदर आपको स्मेल भी आएगी जो मेडिसिन होती हैं उनकी और जो उसका है टेस्ट वो टेस्ट भी आपको महसूस होगा इसमें तो ये कोशिश करना चाहिए कि इसको खाना खाने के जस्ट पहले या जस्ट बाद ले सकते हैं ताकि खाने के अंदर ही मिक्स हो जाए खाने के अंदर मिक्स होने के बाद में इसका अच्छे से यूज़ हो जाता है बॉडी के ऊपर दोस्तों तो ये हो गया मदर टींचा के फॉर्म में इसको जब भी लिया जाता है तो ज़्यादातर कंडीशन में दस बुध सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में ले करके इसको लिया जाता है दोस्तों तो एक चीज़ का ध्यान देना हमको होगा कि जब भी हम पोटेंसी की फॉर्म में लेते हैं तो उसको पिल्स के रूप में 30 नंबर 40 नंबर 20 नंबर गोली के रूप में इसको बना करके लिया जाता है ये सही तरीका होता है दोस्तों कभी कभी कुछ लोग उसको डायरेक्ट टंग पे लेने की भी बात करते हैं तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि जो तरीका है वो है पिल्स के रूप में लेने का और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है ठीक है बाकी सबकी अपनी अपना अलग इच्छा है ठीक है और तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हो गई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही हूँ क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास में कि डॉक्टर साहब अब मान ली पन्सठ थर्टी है तो उसको कितनी बार लेना है तो अब थर्टी है तो आराम से उसको सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं ठीक है वेजिटेबल ग्रुप की है इजी है कोई दिक्कत नहीं है उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको आसानी से आप उसको ले सकते हैं और होमोपैथिक दवाओं के वैसे भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं हाँ ये होता है कि अगर कोई दवा एक नॉर्मल इंसान के ऊपर लगातार यूज़ की जा रही है तो उसके प्रूविंग होनी शुरू हो जाती है ये एक खास होती है होमोपैथिक दवाओं के साथ में तो दोस्तों ये बातें मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होंगी आपको सारी सारी तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान दे दें दोस्तों तो आपको कभी भी भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आने की दवाओं से संबंधित कि किस दवा को कब लेना है तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होगी और आगे भी आपको ये काम आएंगी तो दोस्तों फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ में तब तक अपना ख्याल रखिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से दोस्तों अपने शेयर भी करिएगा ताकि और भी आपके दोस्त मित्र इस फ़ायदा ले सके दोस्तों तो फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ में तब तक अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों